हेलो गाइस, आज आप सभी को पता है कि आज फ्री फायर में न्यू अपडेट आ रहा है आज हम बताएंगे कि अपडेट में क्या क्या होगा सबसे पहले हम करेक्टर की बात करेंगे कौन कौन से करेक्टर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। लोकेटा एलवोरा दो सानी में कुछ बदलाव किया जो, जो बहुत ही अच्छे हैं इन चारों की एबिलिटी में कुछ थोड़े थोड़े बदलाव किए गए हैं क्योंकि ये कम यूज़ हो रहे थे इसलिए और अच्छा किया गया है और प्लेस सीजन सीधे आ रहे उसमें ये नई स्किन आपको फ्री में दी जाएगी और, और भी बहुत सारे अपडेट आएंगे तीसरा अपडेट ये है क्या वन वी वन एक मोड आएगा जिसका नाम लॉन वॉल है अपने साथ ही साथ या किसी साथ वी वन कस्टम की तरह अपडेट कर सकते हैं और न्यू वेपन आ रहा है ए एक ये एट्टी वो पिक टाइप ही होगा ये और भी कुछ अपडेट है जैसे विक्टर में अपडेट किया गया है और एम वन में भी अपडेट किया गया है इसमें एम वन एटी सेवन की रेंज कम कर दी गई है और, और बहुत ज़्यादा अपडेट किया गया है जैसे आप देख सकते हैं कौन कौन सी गन में एक्सएमेट पास बारह यू जी इनमें भी अपडेट किया गया और इन्हें इन अच्छी बनाई गई है और शॉर्ट गन को बहुत ख़राब कर दिया गया है यू जी में पाँच प्लस डैमेज एक्स्ट्रा कर दिया गया है जिससे यू जी एक्सएमेट अच्छी हो जाएगी और और भी गन जैसे न्यू वेपन आएगा और एम फोर में भी अपडेट किया गया है जिससे उससे भी बहुत अच्छी बनाई गई है और करेक्टर भी अच्छे कर दिए गए और न्यू करेक्टर न्यू वेपन न्यू पेट वो भी आने वाला है आपको तो पता है कि आज शाम को सात बजे साढ़े सात के बाद हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी आप जाके प्ले स्टोर से इसे अपडेट कर ले जिससे आप साढ़े सात बजे के पास गेम को स्टार्ट कर पाएंगे और इसमें बहुत अपडेट किए गए हैं आप पर तो देख सकते हैं आप जैसे कि न्यू ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्रेनेड की का भी यूज़ कर सकेंगे अब ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने से पहले आप ग्रेनेड का इस्तेमाल कर सकेंगे और ग्रेनेड पहले यहाँ पर ग्रेनेड नहीं था अब यहाँ पर ग्रेनेट भी दिया गया ट्रेनिंग में ग्रेनेड की भी प्रैक्टिस कर सकेंगे और आप अच्छी तरह ग्रैनेड